रामचरित मानस की पंक्ति समृद्ध को नहीं दोष गोसाई भले ही 14वीं शताब्दी में लिखी गई हो लेकिन आज के संदर्भों में भी अक्षरश लागू होती है बिहार के कई मंदिरों और उनकी संपत्ति बलपूर्वक कब्जा करने वाले बड़े बड़े माफिया मजे में हैं। उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता मानो भगवान भी उनके सामर्थ्य को देख उनका दोष नहीं मानते बिहार में राजा रजवाड़ो या महंतों ने भले ही उद्योग स्थापित करने या अस्पताल बनवाने में कुछ खास दिलचस्पी न दिखाई हो लेकिन उन्होंने मंदिरों के निर्माण में खूब उदारता दिखाई ऐसे मंदिरों की दुर्दशा अब देखते बनती है इन्हीं में एक है बेगूसराय शहर में स्थित प्रसिद्ध नौलखा मंदिर आजादी के तुरंत बाद बनाए गए इस मंदिर आरोप उस समय नौ लाख रूपए खर्च हुए थे और मंदिर प्रबंधन का दावा है की ये देश का इकलौता मंदिर है जिसमे शीशे की इतनी आकर्षक कलाकृतियाँ लगी है कभी इनकी चमक लोगों को कुछ किलोमीटर दूर से ही दिखने लगती थी आज इसने अपना वह आकर्षण खो दिया है वैसे राज्य सरकार ने बिहार धार्मिक न्यास परिषद की पहल पर इसमें दिलचस्पी दिखाई है जिससे इस मंदिर के कायाकल्प की संभावना बनी है अचल संपत्ति के मामले में यह नौलखा मंदिर एक समय बिहार के गिने चुने मंदिरों में एक था मंदिर की स्थापना के समय इसकी वसीयत में साफ लिखा गया की इसकी संपत्ति बेचने का अधिकार किसी को नहीं है लेकिन आज सैकड़ों लोग पूर्व के महंतों ऐसी जमीन खरीदने का दावा कर रहे हैं आज भी कागजों में मंदिर के पास 200 एकड़ जमीन है लेकिन कब्जे में मात्र 35 एकड़ है आज भी इसके पास संपत्ति कम नहीं है लेकिन संस्थापक महंत की अगली पीढ़ी से लेकर आस पड़ोस दबंगों और पहुँच वालों की लालची नजरें इस पर गड़ी हैं। मंदिर की संपत्ति को हथियाने हड़पने का दौर शुरू हो चुका है बिहार धार्मिक न्यास परिषद की ओर से गठित मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव महंत रामदेव दास ने बताया कि मंदिर के आसपास और अनेक गावों में इसकी करीब 6,200 एकड़ जमीन थी मंदिर की स्थापना के समय इसकी वसीयत में साफ लिखा गया कि इसकी संपत्ति बेचने का अधिकार किसी को नहीं है लेकिन आज सैकड़ों लोग पूर्व के महंतों ऐसी जमीन खरीदने का दावा कर रहे हैं आज भी कागजों में मंदिर के पास दो एकड़ जमीन है लेकिन कब्जे में मात्र पैतीस एकड़ है समिति की कोषाध्यक्ष डॉक्टर मीरा सिंह ने बताया कि मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करने या उस पर नाजायज हक जताने वाले ऐसे रसूखदार लोग भी हैं जिनके खिलाफ लोग आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते डॉक्टर मीरा सिंह ने बताया कि प्रशासन भी मंदिर की संपत्ति के साथ अब तक न्याय नहीं कर सका है शहरी क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद मंदिर आरोप हदबंदी लगा दी गयी और इसे सिर्फ एक इकाई यानी पैतीस एकड़ जमीन दी गयी मंदिर प्रबंधन पाँच इकाई की लड़ाई लड़ रहा है डॉक्टर सिंह ने बताया कि 200 लोगों की अवैध जमाबंदी खारिज की गई है अब भी तीन एकड़ जमीन अवैध कब्जे में है इस मंदिर के पास स्थित बाजार में 22 दुकानें हैं लेकिन उनका किराया महज आठ हजार रूपए तय था किराए के लाखों रुपए बकाया पड़े हैं अब दुकानों का किराया बढ़ाकर कर हजार प्रति माह किया गया है इसी तरह मंदिर के लीची के बगीचे ऐसी पहले पचास ऐसी पचपन की कमाई दिखाई जाती थी जो इस बार एक, एक लाख पर पहुँच गयी है मंदिर का प्रबंधन उन्नीस में जिला प्रशासन के हाथ में चला गया तब से इसकी देखभाल करने में किसी की दिलचस्पी नहीं रही मंदिर परिसर बदहाल होता गया और यहां आने वाले भक्तों की संख्या घटती गई। इससे इस भव्य मंदिर में प्रतिमा हजार डेढ़ हजार रूपए ही चढ़ावे के आते हैं मंदिर प्रबंधन को इस बात का मलाल है की जहाँ प्रशासन को इस भव्य मंदिर को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए था वही उसने मंदिर की जमीन आरोप ही विभागीय कार्यालयों के निर्माण की योजना तैयार कर ली है डॉक्टर सिंह ने बताया कि मंदिर के सामने स्थित मंदिर के नवरत्न भवन के पीछे 12 एकड़ जमीन पर 12 विभागों के दफ्तर बनाने की योजना तैयार की गई है प्रबंध समिति के विरोध से फिलहाल मामला रुक गया है गौरतलब है कि इस मंदिर के निर्माण के समय न केवल बेहतरीन कलाकृतियों को प्राथमिकता दी गई, बल्कि इसके परिसर को भी खूबसूरत बनाने आरोप ध्यान दिया गया भव्य प्रवेश द्वार साधु संतों व सुरक्षा के ठहरने के लिए तथा भंडारे के लिए भवन बनाए गए विशाल मंदिर परिसर में आधुनिक और सुंदर तालाब भी बनाया गया जिसमें सालों भर जल का तस्तर सुनिश्चित करने के लिए नहर से पानी पहुंचाने और अतिरिक्त पानी निकाले जाने की व्यवस्था की गई। लेकिन पिछले 17 वर्षों से उपेक्षा झेलने के कारण तालाब बदहाल है मंदिर का गुंबद टूट गया है और कलाकृतियाँ अपना सौंदर्य खो रही है ऊपर ऐसी मंदिर के नवरत्न भवन में कभी कालेज खोला गया तो कभी फायर स्टेशन फायर स्टेशन हटाने के आदेश आरोप अमल नहीं किया जा रहा है नवरत्न भवन के दोनों तरफ स्थित तालाब की भी शक्ल बिगड़ चुकी है मंदिर तक पहुंचने के लिए मौजूद सड़क भी बेहतर और चौड़ी नहीं है हालांकि डॉक्टर मीरा सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मंदिर के विकास और सौंदर्यकरण के लिए साढ़े तीन करोड़ रूपए की मंजूरी दी है इससे नक्षत्र भवन विवाह भवन और पार्क का निर्माण होना है तालाब के जीर्णोद्धार के लिए नगर विकास विभाग ने एक करोड़ रूपए आवंटित कर दिए है इससे मंदिर के कायाकल्प की उम्मीद जगी है लेकिन राज्य सरकार अगर इसकी करोड़ों की अचल संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में थोड़ी दिलचस्पी दिखाए तो यह एक खूबसूरत धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है